वो नहीं मिला तो मलाल क्या जो गुजर गया सो गुजर गया उसे याद करके ना दिल दुखा जो गुजर गया सो गुजर गया न गिला किया ना खफा हुए यू ही रास्ते में जुदा हुए ना तू बेवफा ना मैं बेवफा जो गुजर गया सो गुज़र गया तुझे ऐतबार वो यकीन नहीं नहीं दुनिया इतनी बुरी नहीं नामाल कर मेरे साथ आ जो गुजर गया सो गुजर गया वो वफाएँ थी के जफाएं थी, ये न सोच किसकी खत थी वो तेरा है उसको गले लगा जो गुज़र गया सो गुज़र गया